सुनाना चाहता हूं इस रिश्ते है नए तेरे काम का है नए तेरे काम का है नए दुनिया के काम का है पूरा ने तुम्हें जो तो भी दिया वो भी नाम का है वे पत्ते की भीते उठाता है कोई देश पत्ते की थे उठाता है कोई प्यार तो सभी करते हैं लेकिन निभाते है कोई जानी-जान पर करती है तारों को चमकना पड़ता है जानी-जान पर करती है तारों को चमकना पड़ता है पैसा लड़के करती है पैसला लड़को तो चंदेरा दे सली बोला कहते हैं जली बोला कहते हैं रुझी बोला कहते हैं जाना कुछ में नहीं उसे